नमस्कार एस्ट्रोट्री में आपका स्वागत है आज मैं आपको आपकी मुलाकात के अनुरूप आजीविका चलाने के बारे में बताऊंगी इससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा कि आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए और इसे अपना आप लोगों को लाभ मिल सकता है जो प्राय उचित मार्ग न मिलने के कारण इधर उधर भटकते रहते हैं आज में आपको अंत ज्योतिष के हिसाब ऐसी बताऊंगी की क्या करना चाहिए कौन सी नौकरी कौन सा व्यवसाय से आपको लाभ मिल सकता है मुलांक इसमें आपकी मदद कर सकता है मुलांक एक से लेकर नौ तक होते हैं अब बात करते हैं मुलांक एक यदि आपका जन्म किसी भी महीने की एक तारीख दस तारीख उन्नीस तारीख अट्ठाईस तारीख को हुआ है तो आपका मुलांक एक होगा मुलांक एक वालों को बिजली सर्जरी राजदूत खोज इत्यादि का कार्य या जहाज़ों ऐसी सम्बन्धित वाले कल पुर्जों और जवाहरात इत्यादि का कार्य करना चाहिए आप बात करते हैं मूलांक दो की यदि आपका जन्म किसी भी महीने की दो तारीख ग्यारह तारीख बीस तारीख उनतीस तारीख को हुआ है तो आपका मुलांक दो होगा मुलांक दो वालों को दलाली होटल तरल या रसदार पदार्थ यात्रा पत्रकारिता गाना बजाना नृत्य कविता भूमि से संबंधित कार्य बर्फ चांदी डेयरी कृषि में पशुपालन ठीक रहते हैं आप बात करते हैं मुलांक तीन की यदि आपका जन्म किसी भी महीने की तीन तारीख बारह तारीख इक्कीस तारीख तीस तारीख को हुआ है तो आपका मुलांक तीन होगा मुलांक तीन वालों को शिक्षा सेवा अदालती मुंशी राजदूत वकालत पुलिस दर्शन विज्ञान बैंक और विज्ञापन आर्थिक कार्य करने चाहिए अब बात करते हैं मुलांक चार की यदि आपका जन्म किसी भी महीने की चार तारीख तेरह तारीख बाईस तारीख इकतीस तारीख को हुआ है तो आपका मुलांक चार होगा मुलांक चार वालों को रेलवे हवाई जहाज सेवा खाना लेक्चरर इंजीनियर ज्योतिष एवं पुरातत्व विभाग से संबंधित कार्य करने चाहिए अब बात करते हैं मुलांक पाँच की यदि आपका जन्म किसी भी महीने की पाँच तारीख चौदह तारीख तेईस तारीख को हुआ है तो आपका मुलांक छः होगा मुलांक पाँच वालों को इंजीनियर सेल्स वही खाते का काम वकालत रेलवे टेलीग्राफ पत्रकारिता तम्बाकू दलाली बीमा लेखन संपादक ट्रांसपोर्ट राजनीति से संबंधित कार्य उचित रहते हैं अब बात करते हैं मुलांक छह की यदि आपका जन्म किसी भी महीने की छह तारीख पंद्रह तारीख चौबीस तारीख को हुआ है तो आपका मुलांक छह होगा मुलांक छह वालों को वास्तुकला, इंजीनियरिंग जवाहरात विदेशी मुद्रा किसी भी तरह के खदानों या खाद्य वस्तुओं से संबंधित होटल उपन्यास तथा कहानी लेखन पुस्तक प्रकाशन संगीत चित्रकला नृत्य और अन्य कलाओं ऐसी सम्बन्धित कार्य करें तो उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होता है अगर ऐसे मनुष्य फिल्म या रंग मंच आदि पर एक्टिंग करेंगे तो लाभ ही लाभ प्राप्त करेंगे अब बात करते हैं मूलांक सात की यदि आपका जन्म किसी भी महीने की सात तारीख सोलह तारीख पच्चीस तारीख को हुआ है तो आपका मुलांक सात होगा मुलांक सात वालों को फिल्म व्यवसाय यात्राएं हवाई जहाज ऐसी सम्बन्धित कार्य देरी फॉर्मिंग ड्राइविंग दवाई विक्रेता पहलवानी तरल पदार्थ पदार्थ की बिक्री रबर से संबंधित कार्य करने चाहिए अब बात करते हैं मुलांक की यदि आपका जन्म किसी का भी महीने की आठ तारीख सत्रह तारीख छब्बीस तारीख को हुआ है तो आपका मुलांक होगा मुलांक वालों को इंजीनियर खिलाड़ी नगर पालिका अधिकारी ठेकेदार वकालत बागवानी कोयला खान मुर्गी पालने कार्य उचित रहते हैं आप बात करते है मुलांक नौ की यदि आपका जन्म किसी का भी महीने की 9 तारीख 18 तारीख 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 9 होगा मूलांक 9 वालों को सेना पुलिस केमिस्ट मशीनरी संबंधित कार्य फायर ब्रिगेड वकालत और धार्मिक कार्य सफलता मिलती है